जय हिंद आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम बिहार पुलिस में बिहार पुलिस के एग्जाम में बिहार पुलिस के एग्जाम में फिजिक्स से पूछे जाने वाले प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए चलिए हम इसके पहले वाले वीडियो में एक प्रश्न दिए थे उसको हम बता देते हैं प्रश्न क्या था प्रश्न था कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ऑप्शन था उतल अतल बाईफल इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब होगा लेंस में, लेंस में किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अब सुनिए काल्पनिक प्रतिबिंब कई में बनेगा कई में वस्तु सीधा होगा जिसमें वस्तु की स्थिति अगर सीधा होगी उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा जिसमें उल्टा होगा उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनेगी तो बात समझ में आया तो इसका सही जवाब क्या होगा ओपन लेंस होगा यानी बी सही जवाब होगा दूसरा हमने प्रश्न दिया था कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण यानी कोण ए बराबर कोण यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आपतन कोण कुछ भी हो सकता है आई भी हो सकता है कोण आई इज इक्वल टू कोण आर ऐसे कह सकते हैं ना चलिए अब प्रश्न चालू करते हैं प्रश्न कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है हम जिस दिन लेंस पढ़ाए थे उस दिन हम विस्तारित रूप से बताए थे ऑप्शन दिया है दो बी नंबर ऑप्शन दिया है एक सी नंबर ऑप्शन दिया है तीन और डी नंबर ऑप्शन दिया है कोई नहीं यानी हमने जिस दिन लेंस पढ़ाया था उसी दिन बताया था कि लेंस में आर दू एफ दू सी दू सब दो होता है यानी एफ कोई को होगा दू गो तो यानी सही जवाब क्या होगा ए अगला प्रश्न सर्च लाइट का प्रावर्तक सतह होता है उतल ऑप्शन नंबर एक उतल ऑप्शन नंबर दो अवतल ऑप्शन नंबर तीन समतल और कोई नहीं जो गाड़ी का सर्च लाइट होता है आग वाला उसमें क्या लगा रहता है कौन सा लेंस कौन सा दर्पण है कौन सा लेंस, लेंस लगा रहता है तो अवतल दर्पण औतल दर पर काहे लगा रहता है जी से कि की वस्तु का सीधा पर्त बनाता है वस्तु का कैसा पर्त बनाता है जी सीधा पर्त बनाता है अगर उल्टा पर्त बनता तो सर्च लाइट में सॉरी स्वर्च लाइट में जो है इसका उपयोग नहीं होता अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा प्रश्न कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है ऑप्शन नंबर एक दिया है समतल दर्पण ऑप्शन नंबर दो दिया है उतल दर्पण ऑप्शन नंबर तीन दिया है अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर चार दिया है इनमें से कोई नहीं ये वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए भी हम किस अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं भाषा यार आई कि नहीं हम उपयोग बताए थे अवतल दर्पण का जा कर के देख लीजिएगा और एक उत्तल लेंस की क्षमता प्लस वन डाइक्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी अब सुनिए तरी मैंने कन्फ्यूज कर दिया है आ, आप लोग ज़्यादा दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे तो हम आप लोगों के जानकारी के लिए बता देते हैं लेंस की क्षमता को पी से सूचित किया जाता है पी बराबर होता है एक बटे ऐप ठीक है इसका ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है एक डायोप्टर, यानी एक डायोप्टर बराबर एक मीटर होता है यानी एक डायोप्टर बराबर एक मीटर होता है अब सुनते हैं अगर ई किस में हो अगर मीटर में हो लेंस की फोकस दूरी अगर किस में हो मीटर में हो तब क्या किया जाएगा लेंस की फोकस दूरी अगर मीटर में होगी तब लिखेंगे एक बट पी यानी एक बट एफ डी अगर मीटर में होगा तो ऐसे ठीक है अगर लेंस की क्षमता अगर सेंटीमीटर में होगी तब पी इज इक्वल टू सौ बट एफ डाइ ऑप्टर बात कुछ समझ में आ रहा है उतर लेंस के लिए इसका क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए इसका क्षमता ऋणात्मक होता है चलिए अब हम प्रश्न पर चलते हैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिया क्योंकि ये प्रश्न आ रहे हैं इस प्रकार के इसीलिए हमने बता दिया आप लोग इसका स्क्रीन ले सकते हैं या समझ लिए हैं तो कॉपी पेन पर लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक करके कह एक उत्तल लेंस की क्षमता प्लस वन डाइप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी अब देखिए एक लेंस की क्षमता प्लस वन डाइऑप्टर है वन डाइऑप्टर है तो इसकी क्षमता क्या होगी अब देखिए इसकी क्षमता पूछ रहा है आ एक मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर सौ सेंटीमीटर ऑप्शन इसमें दिया है सौ सेंटीमीटर में दिया है प्लस दस सेंटीमीटर माइनस दस सेंटीमीटर आ प्लस सौ सेंटीमीटर आ माइनस सौ सेंटीमीटर अब सुनिए हे मैं प्लस में सब ऑप्शन दिया है माइनस में, में दिया है आ है देखिए एक डी बराबर वन मीटर होता है तो वन मीटर कितने के बराबर होता है सौ सेंटीमीटर के बराबर होता है न तो एक डी बराबर एक अगूणे सौ सेंटीमीटर यानी कह सकते हैं एक डायोप्टर बराबर 100 सेंटीमीटर आई कई में है प्लस में है प्लस में है यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा प्रश्न कह रहा है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरिया माइनस सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन होंगे ऑप्शन नंबर एक होगा दोनों अवतल ऑप्शन नंबर दो होगा दोनों उतल ऑप्शन नंबर सी होगा दर्पण अवतल तथा उतल तथा लेंस उतल और डी होगा दर्पण उतल तथा लेंस अवतल इसका सही जवाब होगा दोनों अवतल यानी औतल दर्पण में सभी दूरिया किस माइनस में होती है तो इसका सही जवाब होगा ए अगला प्रश्न कह रहा है आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं ऑप्शन नंबर ए एक बी दो सी तीन डी चार इसका सही जवाब आपको पता हो तो आप कमेंट कीजिए इसका सही जवाब होगा बी दो बताए तो ना प्रकाश के परिवर्तन के नियम आप तिरणित किरण आपने वीडियो नहीं दिखाया तो प्रकाश का स्पेशल वीडियो बना है फिजिक्स मस्ती पर जाकर के देख सकते हैं अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा प्रकाश के अपोर्तन के किस माध्यम के अपोर्तांग का मान होता है किसी माध्यम के अपोर्तांग का मान क्या होता है ऑप्शन दिया है साइन आई बटा साइन आर साइन आर बटा साइन आई, साइन आई गुणे साइन आर डी साइन आई प्लस साइन आर तो इसका सही जवाब होगा एक साइन आई बटा साइन आर यानी एसनेल का नियम साइन आई बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है तो आप उससे भी देख सकते हैं एक उत्तल लेंस होता है ऑप्शन सभी जगह समान मोटाई का बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा सी किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा डी इनमें से कोई नहीं अब सुनिए क्या कह रहा है कौन सा लेंस कह रहा है कह रहा एक उत्तर लेंस होता है आ उत्तर लेंस हमने बताया था ना ये ना है उत्तर लेंस बिचवा में मोटका होता है आ, ये का है पतला होता है ना पतला होता है तो क्या होगा बीच में मोटा होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा शो कर रहा है प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है चिंता मत कीजिए सारा सेट कंप्लीट आपको समझ में आएगा नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है एक यू बटे भी बी यू गुणे भी सी यू प्लस भी डी भी बटे यू यानी आवर्धन का परिभाषा हमने बताया है स्पेशल वीडियो में लेकिन जान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है यानी पृथ्वी में भी आ वस्तु की ऊंचाई U के अनुपात को क्या कहा जाता है बताओ तो रे भाई वर्धन कहा जाता है ना तो इसका सही जवाब क्या होगा डी होगा आपके एचडब्ल्यू के लिए गोलिय दौर में फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिजा के बीच संबंध होता है ऑप्शन दिया है आर बराबर टू गुणे एफ बी नंबर एफ इजकल टू आर सी नंबर एफ इजकल टू टू बटे आर डी नंबर आर इजकल टू एफ़ बटे टू इसका सही जवाब आपको पता हो तो आप कमेंट कीजिए अगला प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है इसका ऑप्शन नहीं दूंगा अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट कीजिए धन्यवाद